मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे जहां उनका किसानों ने जमकर स्वागत किया वहीं कमल पटेल भी अपने ही अंदाज में नजर आए और उन्होंने किसानों के बीच में चौपाल लगाई और भाजपा सरकार की नीतियों के फायदे गिनाए किसानों और ग्रामीणों ने नेताओं और चुनाव का बहिष्कार किया था लेकिन जब कमल पटेल क्षेत्र पहुंचे तो उनका ग्रामीणों ने स्वागत किया वही कमल पटेल ने अपने ही अंदाज में चौपाल लगाई और ग्रामीणों को भाजपा सरकार और उसकी नीतियों को फायदे गिनाए